हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं फ्रेंड्स मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी के लिए आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए जिसका साइज़ पचास के बी से कम होना चाहिए फ्रेंड्स एक घोषणा पत्र आपको चाहिए होगा जिसपे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो जो आपके एरिए का प्रधान है उसके साइन होने चाहिए और उसकी मोहर होनी चाहिए अगर आप किसी शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड जो आपके एरिया का तो फ्रेंड जो आपके एरिया में नगर पालिका होगी वहाँ का जो वहाँ का वहाँ का जो कलेक्ट्रेट होगा उसके फ्रेंड्स उसमें साइन और मोहर होनी चाहिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप देखेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने का पूरा लाइव डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे फ्रेंड्स कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आप इसमें ग्रामीण या नगरीय को सिलेक्ट करेंगे अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे अदरवाइज आप नगरीय सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ हिंदी में देनी है या अंग्रेजी में मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में देनी है अगर फ्रेंड्स आपको हिंदी में लिखना नहीं आता तो आप उसके लिए इनपुट टूल यहाँ गूगल में इनपुट टूल लिखेंगे गूगल इनपुट उपकरण पर जाएंगे और यहां पे आप हिंदी में, अपना टाइप, हिंदी में जो भी आपको लिखना है आप टाइप कर सकते हैं जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो हिंदी में आपके सामने शो ऑफ हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड आपको ये अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है या माता का नाम देना है जन्म तिथि फ्रेंड जन्म तिथि जो आपके आधार कार्ड में है वही आपको यहाँ पे देनी होगी जन्म का स्थान जो आपका जन्म का स्थान है वही देंगे मकान नंबर अगर है तो आप दे देंगे मोहल्ला में आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही आपको देना है यहाँ अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे तहसील देंगे थाना देंगे यहाँ अपना मोबाइल नंबर दे देंगे आप निवास की अवधि आप इस एड्रेस पर कब से निवास कर रहे हैं वो आप दे देंगे आपको प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्यों है आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं इससे पहले प्रमाण पत्र बनवाया है आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं आवेदन शुल्क आपने जमा किया है अभी नहीं किया तो नहीं सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको संगलक शीर्षक अटैचमेंट में आपके सामने कुछ ऑप्शन हैं सबसे पहले फ़ोटो पाया फोटो भी क्लिक करेंगे आप चूज फाइल पर जाएंगे जहाँ भी आपका फोटो रखा है आप उसको अपलोड करेंगे अपलोड पे क्लिक करेंगे फोटो का आपका मैक्सिमम साइज 50 के बी होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र जहाँ भी आपका रखा है आप उसको अपलोड करेंगे अपलोड पे क्लिक करेंगे कि अदर डॉक्यूमेंट का साइज 100 के बी से कम होना चाहिए अन्य सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शीर्षक में आप लिख देंगे आधार हिंदी में लिखने के लिए आप वही दर्ज से कर लेंगे आधार कार्ड लिखने के बाद यहां से आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर अपलोड पे क्लिक कर देंगे अटैचमेंट टाइटल पे जाएंगे अन्य पे क्लिक करेंगे शादी कार्ड लिख के उसको आप अपलोड कर और आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड हो गए हैं अब आप यहाँ पे दर्ज करें पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आप अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं बस भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करेंगे जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा इसको आपको कॉपी करके रख लेना है अब यहाँ फ्रेंड ये दिखा रहा है कि पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ फ्रेंड ये बता रहा है कि आपके पंद्रह रुपये का पेमेंट आपका यहाँ यूज़ होगा प्रोसीड विथ पेमेंट उस क्लिक करेंगे तो फ्रेंड मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आप बाहर से बनवाते हैं मार्केट से बनवाते हैं तो फ्रेंड्स आपके कम से कम सौ से एक सौ पचास रुपये तक खर्चा होगा फ्रेंड इस तरह से अगर आप इसको अपने आप बनाएंगे तो फ्रेंड्स आपका मात्र पंद्रह से बीस रुपए तक का खर्चा आएगा फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिए मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू